मैं सचिन मेरे चैनल टैकवर्ड में आपका बहुत स्वागत है फ्रेंड इस वीडियो में हम देखेंगे जो हम व्हाट्सअप मोबाइल में चलाते हैं उसको हम लैपटॉप या डेस्कटॉप में कैसे कनेक्ट करें अब फ्रेंड आपको अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पे जाना है व्हाट्सएप पे जाने के बाद थ्री डॉट पर जाना है या लिंक डिवाइस पे जाना है लिंक के डिवाइस पे क्लिक करना है यूज मोबाइल डेटा पे क्लिक करना है अनलॉक करना है तो उसके लिए फ्रेंड आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में जाएंगे वहाँ आपको व्हाट्सअप वेब लिखना है ये फर्स्ट वन वाले पे क्लिक करना है यहाँ पे फ्रेंड अभी आपको बता भी रहा है कि आपको क्या करना है ओपन व्हाट्सएप ऑन यू फोन अपने फोन में व्हाट्सएप ओपन करना है फिर मेन्यू में जाके सेटिंग में जाना है और लिंक डिवाइस में जाना है और वहाँ जाने के बाद ये क्यूआर कोड जो आ रहा है इसको स्कैन करना है यहाँ फ्रेंड आपको उस बार को स्कैन करना है ये बार स्कैन होने के बाद ये प्रोसेसिंग चल रही है अभी फ्रेंड हम यहां देख पा रहे हैं कि व्हाट्सएप जो मोबाइल में चल रहा था वो यहाँ शो ऑफ हो रहा है यहां आप किसी भी चैट पे जाएंगे उसमें से कोई भी फोटो ओपन करेंगे यहां थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहां से आप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह से फ्रेंड आपका फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगा